बेवकूफ वो काम करते हैं जो करना उन्हें पसंद नहीं और फिर जिंदगी भर भुगतते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये करना जरूरी है या उनकी ड्यूटी है समझदार लोग वो काम करते हैं जो उन्हें करना अच्छा लगता है वो कुछ हद तक अपने जीवन का आनंद लेते हैं पर एक जीनियस जरूरी कामों को खुशी खुशी करना सीखता है तब जाकर आप जीनियस बनते हैं क्योंकि अभी आपके बारे में नहीं है अब जीवन को देखने का तरीका सीमित है